भाई बुलाने उसको बुलाने भाई क्या खेल रहा है गाइस वो बंदा इसकी भैण का भाई कुछ तो यूज कर रहा है भाई तू हेलो हेलो स्काई हेलो हेलो भाई हेलो हेलो ओए क्या यूज कर रहा है तू चूतिये कहीं निकल रहा है भाई? आ, भाई का यूज किया मैंने भाई तू तो कुछ तो यूज कर रहा है भाई तू तो, अपने भाई तू फोन में खेलता है इसमें खेलता है पीसी में भाई फोन में ही